स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी पी क्लासेज में आज हम पढ़ने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष से मिलने वाली जानकारी उसके बाद प्रागैतिहासिक काल ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी ध्यान दें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्क्योलॉजी किनको कहा जाता है तो सर एलेक्जेंडर कनिंगम को पूछा जाए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए सर एलेक्जेंडर कनिंगम सर एलेक्जेंडर कनिंगम देखिए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं इस अभिलेख में किन, किन किन के नाम मिलते हैं तो देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य का ठीक है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैसनगढ़ गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है ध्यान दें किस लेख से तो गरुण स्तंभ लेख से आगे देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुंफा अभिलेख में है पूछा जाए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है तो आपको आंसर होना चाहिए हाथी गुंफा चलिए आगे देखते हैं सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख स्वगौर अभिलेख है ध्यान दें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष किसका दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख स्वगौर अभिलेख है इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सोचित रखने का भी उल्लेख है मतलब इमरजेंसी में जो है क्या रखने का तो खदान खदान सोचित रखने का अभिलेख है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भित्तीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है भित्तीय स्तंभ लेख से सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख कौन सा एरर अभिलेख से प्राप्त होती है एरण अभिलेख में क्या है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरर अभिलेख से प्राप्त होती है किस अभिलेख से एरर अभिलेख से प्राप्त होती है आगे देखिए सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर किया गया है किसके आधार पर तो उनके अभिलेखों के आधार पर किया गया है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है आगे देखिए कश्मीरी नौपसारिक पुरा स्थल बोर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है कहाँ से बोर्ज होम से देखिए इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जनरली क्योंकि बहुत वो नीचे होती थी प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है आहत सिक्के इसी को साहित्य में कसार्पण कहा गया है क्या, क्या, गया? क्या, क्या गया? कहा गया है कहा गया ध्यान दे आ सिक्के को क्या कहा गया है कसरपण देखिए सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया सिक्कों पर लेख लिखने का कार किसने किया यवन शासकों ने किया, किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी ने उन्हें सॉरी समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है क्या प्रमाण होने का मिलता है संगीत प्रेमी अरिक मेडू यानी ये जो है अरिक मेडू पुदुचेरी के निकट है तो अरिक मेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं कौन से सिक्के रोमन सीखे एक यहाँ पर नोट दी सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा मलाया कम्बोडिया और जावा से स्थापित हुए ठीक है मलाया मतलब स्वर्णद्वीप कम्बोडिया कम्बोज जावा यवद्वीप ये सबसे क्या हुए स्थापित हुए महत्वपूर्ण तो अभिलेख देखिए ये इधर अभिलेख लिखा गया है इधर शासक इसको हमें समझना है याद नहीं करेंगे ठीक है बिल्कुल समझना है समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा ऐसे ही एक कहानी के तौर पर समझेंगे हम मतलब बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे देसी भाषा में समझेंगे कहने का मतलब है कि इसको रटने से याद नहीं होगा थोड़ा सा समझ जाएंगे ऐसे ही याद रहेगा देखिए कैसे लिखा हुआ है हाथी गुंफा अभिलेख हाथी गुंफा अभिलेख ध्यान रहे हाथी हाथी जब हाथी गुम्फा तो आपको तो हाथी याद आ जाना चाहिए अभिलेख तो सब में कॉमन है चलिए तो क्या करेंगे कलिंग कलिंग मतलब समझिए काली तो हाथी जो थी हम देखे थे क्या थी काली थी तो हाथी में तो जहाँ पे काली का ऑप्शन आएगा मतलब कलिंग राजघार बेल हो जाएगा इसके आंसर आगे देखिए जूनागढ़ क्या है जूनागढ़ जूनागढ़ जून जून समझिए जून आ जा रहा है इसमें क्या रहा है जून तो एक रुद्र नाम का कोई व्यक्ति है किस नाम का रुद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो जून में गढ़ पर गया था तो वहीं जूनागढ़ रुद्र दामन हो जाएगा रुद्र आया तो आपका ऑप्शन तो आ ही जाएगा रुद्र दामन अगला नासिक अभिलेख नासिक क्या है नासिक तो एक गौतमी नाम की लड़की थी किस नाम की गौतमी वो नासिक गई थी कहाँ गई थी नासिक तो नासिक कौन गई थी तो गौतमी नाम की लड़की तो आपका नासिक से गौतमी आपका रिलेट हो जा रहा है कोरिलेट हो जा रहा है मतलब मिल जा रहा है याद रखना है नासिक जहाँ पे आएगा गौतमी मतलब गौतमी बलश्री ऑप्शन रहेगा आप मार सकते हैं प्रयाग स्तंभ क्या है प्रयाग स्तंभ प्रयाग स्तंभ तो ध्यान दें प्रयाग प्रयाग का मतलब लोग ऐसे धाम करने जाते हैं प्रयागराज हुआ बहुत सारे जगह है वैष्णो देवी है उसी में उसी का आप कर लीजिए ये प्रयाग क्या कर लीजिए प्रयाग तो प्रयाग गए ध्यान दे प्रयाग जाने के लिए आपको समझिए कि मतलब ये मानने वाली बात है कि आपको समुद्र हेल करके जाना होता है मान लीजिए ये मानने वाली बात है ये ये सही नहीं है लेकिन ये याद करने के लिए हम बता रहे हैं प्रयाग जाने के लिए हमें बहुत सारे समुद्र को मतलब पार करने की ज़रूरत होती है ठीक है पार करके अगला है प्रयाग देखिए प्रयाग से हम कैसे याद करेंगे इसको समुद्र गुप्त को कैसे कोरिलेट करेंगे तो ध्यान दें ये राज जो है समझ जाइए ये समुद्र के आसपास है समझ जाइए एकदम मतलब इसको समझना है याद थोड़ी करना है ना इसको कोरिलेट करना है इससे संबंध बनाना है तो प्रयागराज कहाँ है समझ जाइए समुद्र के पास है तो जहाँ पर प्रयाग आएगा आप बिल्कुल बोल सकते हैं समुंद्र गुप्त क्योंकि आपको तो ऑप्शन का छोटा सा पार्ट तो याद रहेगा देखिए अगला है ए होल होल समझते हैं ए होल अपने दोस्तों को बोल रहे हैं ए दोस्त होल होल मतलब छिद्र होता है होल होल तो होल में क्या करना है भाई पुआल लगा देना उसमें पुआल पुआल समझते हैं ना लगा दे तो वहीं पुलकेसिन हो गया पुलकेसिन टू हो गया दो गो पुआल लगा दे उसमें होल में पुलकेसिन टू हो गया वहीं हुआ ए होल क्या हो गया पुलकेसन टू, टू हो गया सिंपल है मान दस और देखिए मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे क्या होता है धीरे धीरे आज मतलब समझिए ऊर्जा ठीक है तो ऊर्जा जो है धीरे धीरे यानी मंद सौर जो है एक क्या से प्राप्त होती है मालबा से जो वेस्ट चीज़ होता है मालबा हो गया तो मालवा याद रहेगा तो आप नरेश यशो भ्रमण कर सकते हैं बिल्कुल अगला है ग्वालियर क्या है ग्वालियर ग्वालियर ध्यान दें ग्वालियर का बहुत सारे नाम आप लोग सुने होंगे आ, हर चीज़ में जो भी है सो याद रखें ग्वालियर ग्वालियर जब कहा जाएगा ना तो यहाँ पे याद रखें हार नरेश भोज तीनों याद नहीं करना है मैसे ही हैं उसको देखिए इसमें सोचना क्या है ग्वालियर नरेश जी जो है ना भोज खाने गए थे और वो हार करके चले आए भोज ही नहीं मिला उनको इतना भीड़ थी कि वो थक करके के आ गए हार के चले आए तो कौन गए कहाँ गए इसको याद रखना है तो नरेश जी कहाँ गए भोज खाने गए हार कर चले आए कहाँ गए थे ग्वालियर गए थे याद रखना है गल जब रहेगा तो वहीं हो जाएगा हार न रिस्प भोज मतलब परत तो ऐसे ही आ जाएगा अगला है भित्री एवं जूनागढ़ क्या है भितरी एवं जूनागढ़ भित्री एवं जूनागढ़ देखिए भितरी तो समझते हैं ना अंदर वाली अंदर जो भी होता है घर के भीतरी चाहे जो भी है इसे है, बोलते हैं हम लोग वैसे ही बस भीतरी या जूनागढ़ वहीं वहीं चीज़ हुआ जूनागढ़ जो जून जून वाला गढ़ तो इसमें दोनों चीज़ है भित्री एवं जूनागढ़ ध्यान रखें वो जूनागढ़ था वो तो रुद्र का तो अलग चीज़ था वो जूनागढ़ देखिए इसमें क्या करना है ना इसमें ये कर लेंगे गुप्त क्या कर लेंगे इसमें कॉमन गुप्त कर लेंगे तो भित्री एवं जूनागढ़ गुप्त तरीके से जूनागढ़ में भीतरी में आदमी गुप्त तरीका से गया भित्री गया गुप्त तरीका से ठीक है तो वहीं हो जाएगा स्कंद गुप्त एक है देवपारा अभिलेख देवपाड़ा देवपाड़ा देव समझते हैं ना देव देवी देवता वहीं देव समझ जाइए आप पारा तो आप सबको समझते ही हैं क्या होता है मतलब बोझा वर्ड होने वाला होता है लोग ठीक है ना तो देवपाड़ा देवपाड़ा ध्यान दीजिए देव जो थे ना वो पाड़ा पर बंगाल गए और वहाँ पे विजय प्राप्त की किसी शासक पर ठीक है वहीं हो जाएगा देवपाड़ा का बंगाल शासक भी से हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए एक नोट दिया गया है यहाँ पर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है तो अभिलेखों का अध्ययन ई कहलाता है बस छोटा सा एक अभिलेखों का अध्ययन ई काल आता है ओके ठीक प्रागैतिहासिक काल देखिए जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया गया उसे सॉरी प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उदृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं ठीक है ठीके? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है जो लिखित रूप में उपलब्ध है उसे हम इतिहास कहते हैं और जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल ध्यान रहे जो लिखित में उपस्थित है उपलब्ध है वो इतिहास होगा जो लिखित में उपलब्ध नहीं है वो क्या होगा प्रागैतिहासिक काल देखते हैं एक चीज़ यहाँ पे संस्कृति और वर्तन मालवा मालवा मालवा याद रहे मालवा एक संस्कृति जो भी है देखिए यहाँ पे मालवा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे याद करने के लिए मालवा माला माला समझते हैं ना जो माला लोग पहनते हैं यहाँ पे गर्दन में जब मालवा मालवा समझ जाइए मालवा वो मालवा था ना क्या था एक काला था और एक लाल था दो माला एक व्यक्ति पहना हुआ था काला और लाल सिंह बुर्ज होम होम बुर्ज मैंने बुजुर्ग समझ जाइए होम बूढ़े लहु का होम बूढ़े लो का तो हम तो बूढ़े लोग हमेशा झूक करके चलते हैं तो उनका सर जो है ना झूकने के बाद क्या होता है टकरा जाता है उसमें तो बूढ़ जो हम क्या है सर सर टकरा धूसते गिर जाते हैं ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग अगला है जोखे क्या है जोखे जोखे किसी भी चीज़ को जोखे कह दीजिए मतलब तौलें उसको तो आपने गया मार्केट में लाल टमाटर खरीदा लाल क्या होता है टमाटर ज़्यादातर देखिएगा लाल क्या खरीदा है टमाटर इन लाल खरीदा है तो जो खेत लाल जो खेत लाल हो गया एक है देखिए दक्षिण नवपसार दक्षिण नवपसार ध्यान दें दक्षिण नवपसार वो क्या था नौ नौ मतलब नया नया चीज़ कोई भी होता है क्या होता है चमकीला होता है बस याद रख लें नाव पसार मतलब नौ मतलब नया चमकीला तो चमकीला दूसरा हो गया एक है पूर्वी नवपसार पूर्वी नवपसार ये पूर्वी पूर्वी पूरब ध्यान दें पूरब पूरब का हो समझ समझे ये लाल सूर्य सूर्य जो होता है कहाँ उगता है पूरब में वो क्या होता है लाल होता है बस सिंपल समझ जाइए अगला है आद्य तो आद्य ऐतिहासिक कहते हैं तो आद्य उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते ध्यान दें उसको पढ़ा नहीं जा सकता है मतलब लेखन कला जो है उसको क्या हम पढ़े नहीं जा सकते वो क्या होता है आदित्यासिकल अगला है ज्ञानी मानव मतलब होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग तीस या चालीस हज़ार वर्ष पूर्व हुआ लगभग तीस या चालीस हजार इससे अधिक भी हो सकता है इत, इसके पूर्व हुआ बहुत पहले हुआ मानव का अगला है पूर्व पषाण युग पूर्व पषाण युग को हम पूरा पशाण काल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पूर्व प्रसारण युग को हम पूरा प्रसार काल भी बोलते हैं देखिए तो पूर्व प्रसारण युग या पूरा पसार काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार था क्या था शिकार था शिकार पूरा पसार काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे शिकार जो थे क्या थे मतलब मनोरंजन का अगला है आग आग का आविष्कार पूरा प्रसार काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पषाण काल में किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया तो होगा कुत्ता मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा इस धातु का मतलब तांबा का प्रयोग किया सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया तो तांबा का तथा तो उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था क्या था कुल्हाड़ी था कृषि का आविष्कार नव काल में हुआ कृषि का आविष्कार कब हुआ नौ पसाण काल में किसका कृषि का प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है कहाँ अवस्थित है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ एवं जौ थी इसको पहली फसल भी बोलते हैं गेहूँ को क्या बोलते हैं पहली फसल लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त तो अनाज चावल था क्या था चावल था ध्यान दें कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कहाँ से मेहरगढ़ से कोल का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है कोल का संबंध किससे है तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा कलाकृति की खोज क्या भाई पूरा प्रशांत कलाकृति खोज है कहाँ तो पल्लावरम नामक स्थान पर भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे देखिए रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की ध्यान दें रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ध्यान दे रॉबर्ट ब्रूसफूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अठारह सौ ईस्वी में भारत में पूरा प्राषाणकालीन औजारों की खोज की भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था मोहनजोदड़ो क्या था मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है मृतकों का टीलावेतु गिबन क्या सुवेद भ्रु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है क्या है मानवाभ कपी है इनामगांव गाँव युग की एक बड़ी बस्ती थी इनामगांव क्या थी तो ताम्रपाण युग की एक बड़ी बस्ती थी इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है ताम्र युग के संबंध किससे है जोरबे संस्कृति से है से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है किसका जीवाश्म का किस पहाड़ी से तो शिवालक प्रागैतिहासिक काल में भीम वेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है क्या है चित्र के लिए भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है कहाँ मिला है नर्मदा घाटी में एक नोट दिया गया है भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया हम लोग अगले क्लास में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे